हेलो, नमस्ते जय जगन्नाथ मैं उड़ीसा से बात कर रहा हूँ अमरंद्र साहू इंडिया से यू कैन जो महिमाहिमा है जलन्सी प्लीज़ आपको रिक्वेस्ट करता हूँ मेरी तरफ़ से कि छो, छोटी सी यूट्यूब की तरफ से मैं हिंदी से बात कर रहा हूँ प्लीज़ आप मेरे बात आपके पास आपके पास जाएगा कि नहीं ये नहीं मुझे मालूम है मगर मैं आपको इतना सी बताता हूँ देखिए मोदी और हमारा प्राइम मिनिस्टर बहुत अच्छे अच्छा आदमी है अच्छा लोग है अच्छा नेता है और वो क्या करते हैं क्या नहीं वो तो वो आपस में झगड़ा करने के लिए ये सब नहीं कर रही वो समझाने के लिए बात कर रही है यूक्रेन के लिए और रूस के लिए और आपको वोट देने के नहीं देने के आप अगर आप मेरे हमारे जो इंडिया में जो लोग रहते हैं उनको आपने खता करते हो प्लीज़ मत करिए वो डॉक्टर के पास कोर्स करने के लिए आपके पास गया था वो उनको कुछ हत्या चलाना नहीं आता है उनको सिर्फ देश के लिए एक पेशेंट को कैसे तरह क्योर करना है वो इसीलिए वो कोर्स करने के लिए गया था वहाँ पर तो प्लीज़ आप इन्हें रिक्वेस्ट करता हूँ मैं छोटी सी यूट्यूब की तरफ से आपको अगर मेरा वीडियो आपके पास पहुँच गया तो मैं आपको सारी आपका जो वीडियो मैं देखता हूँ आप किसी तरह पॉलिंग में हो आप किसी तरह मैं समझ सकता हूँ मैं एक छोटी की छोटी सी एक लड़का होकर फिर भी एक मैं आपको बता रहा हूँ जीत का दो हमारा जो रूस आपके आपको जो अटैक कर रही है जो और देश जो आपको साथ नहीं दे रही है इस, इसके इसके लिए हमारे भारतीय जबान भारतीय हमारे जो जो सिटीजन्स वो रहते हैं उनको प्लीज़ मत खुद खुद करिए उनको पुलिस प्लीज मत कुछ करिए वो बहुत ऑलरेडी वो डरा हुआ डरा हुआ है वहाँ पर क्योंकि उनको गुलिया और बंदूक चलाना नहीं है तो हमारा देश शांतिप्रिय देश है या इसी इसी बात को वो कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे प्लीज़ उनको डिवेविकेशन के लिए आपके तुरंत आपको उनको मदद करिए हमारा जो वो टीम गया है और मैं अकेला नहीं इंडिया और जितने भी सारे वर्ल्ड में जितनी सारे कंट्री भी आपके बारे में सोच रहा है तो प्लीज़ आपने बहुत पेसेंस रख के हमारे आपने अभी भी कंटिन्यू कर रहा कर के रखा है और आपके जो बहुत सारा भी जवान अभी मर चुका है रूस में मर चुका है प्लीज़ इसे मत करो मैं आपका हाथ जोड़ कर विनंती करता हूँ किसी भी तरह ये जुद्धों को रुकवा रुकवा दीजिए जैसे जैसी तरह इसी तरह रूस को भी मैं हाथ जोड़ के विनमय करता हूँ प्लीज़ इस पर रोक लगा दीजिए और शांति से आपस में बातचीत करके सब समाधान समाधान कीजिए कोई कुछ नहीं होगा अगर किसी का मर जाएगा कोई भी मर जाएगा कोई भी मर आपका जो भी होता है प्लीज़ मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं मैं एक, एक इंडियन हूँ तो कोई चीज़ मैंने युद्ध से ख़त्म नहीं मैंने समाधान नहीं होता है तो आपस में समझाने के लिए सब कुछ होता है प्लीज़ जूधों को स्थगित करके जो को स्टॉप करके आपस आप कर आप में समाधान करिए यही आप मेरी तरफ से दुआई और मैं आपको एक, एक वर्ल्ड का एक शांति प्रिय देश हो नाते इंडिया में हमारे मोदी जी और बाकी सारे जो भी वो ओड्राफ टीम गया है और उनको सही सलाम